नाने की विधि ये इस तरह है जो पहले मैंने लहसुन हरी मिर्ची कड़ी पत्ता जीरा और सूखी लाल मिर्ची डाला हुआ है अब इसे अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगा गोल्डन लाल ब्राउन होने तक इसे गोल्डन लाल ब्राउन हो गया इसे अभी हम धीरे आँच में पकाएंगे अच्छे से अभी फ्राई हो चुका है अभी इसके अंदर अपन डालेंगे बारीक बारीक टमाटर। टमा बना रहे हैं हम ये बहुत फेमस डिश है साउथ इंडियन में लोग बहुत खाना पसंद करते हैं। इसे सांभर के साथ चावल के साथ मटर के साथ मछली के साथ मुर्गा के साथ सबके साथ खाना पसंद करते हैं तो फ्रेंड ये अच्छे से तरह से भूनने तक इसको अच्छे से पकाएंगे टमाटर गल तक कर ले तक इसको अच्छे से पकाते हैं क्या और इसके अंदर डालेंगे हबन मसाले जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी देखिए ध्यान से ये नमक ये मिर्ची पाउडर ये हल्दी पाउडर ये धनिया पाउडर ये गरम मसाला पाउडर ये पांच पोडनी जो इसे बोलते पाँच तरीके के हाँ मसाले मिक्स है जो देख सक पा रहे हो फ्रेंड्स पूरा दाल है जीरा है सरसों है मेथी है ये नमक है ये गरम मसाला पाउडर है ये धनिया पाउडर है ये हल्दी पाउडर है ये मिर्ची पाउडर है और ये फ्रेंड्स ये जीरा है फ्रेंड अपन अभी एक चम्मच स्पून नमक स्वादानुसार और स्पाइसी जितना अपन तीखा खा सकते हैं और जितना खाना चाहते हो उतना इसमें मिर्ची पाउडर डालेंगे मत तीखा बहुत खाता हूं फ्रेंड तो मेरे लिए मैं दो चम्मच से ज्यादा ही डालता हूं जो तो इसमें तीखा अच्छा लगे खाने में और ये फ्रेंड एक चम्मच हल्दी पाउडर है जो इसकी कलर चेंज करेगा और ये आधा चम्मच है धनिया पाउडर ये आधा चम्मच है गर्म मसाला पाउडर तो ये इसे अच्छी तरीके से अपन मसाले को अच्छे से भूज लेंगे तरीके से भूनते तक अपन इसको भूनते रहेंगे जब तक इसका जो अपन जितना तेल डाले थे ना वो तेल पूरा ऊपर आ जाएगा आपको मैं दिखाता हूं थोड़ी देर में ये so, brand, अभी अपन ऐड करेंगे इसमें इमली का पानी इसे अच्छे से मिस करते पूरा तो इमली का पानी हमने इसमें डाल दिया है ये बनाने जा रहे नंबर और पोर्शन चार आदमी का खाना मेरे घर में हम लोग चार लोग मैं मेरी बीबी मेरा लड़का और एक मेहमान आया हुआ है जो बाहर गांव से सो so फ्रेंड ये देखिए आप अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका बॉयल होने जा रहा है देखो बहुत बढ़िया अच्छे से इसकी खुशबू आ रहा है एकदम जो अपने मसाले डाले वो एकदम खुशबू आ रहा है तो अपन अब इसमें ऐड कर दे बारीक कटावा धनिया ये से बन चुका है अभी अपन इसे गर्मा गर्म परोसेंगे